तो हेलो दोस्तों आज की इस बीडियो में हम लोग बात करने वाले प्राइस हिस्ट्री के बारे में और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि प्राइस हिस्ट्री जो है वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा तो सपोज डैट कि दोस्तों आपने कोई भी एक ई कॉमर्स साइट जैसे फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कोई एक प्रोडक्ट बाई किया उसका प्राइस अभी फाइव है एंड जस्ट नेक्स्ट डे दोस्तों उस प्रोडक्ट का प्राइस जो ड्रॉप कर गई उस प्राइस उसकी प्राइस हो गई थ्री तो दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्टली से टू का लॉस यहाँ पर आपको हो गई तो दोस्तों ये जो आपको वेबसाइट है ये जो ऐप है दोस्तों प्राइस हिस्ट्री इसके हेल्प से आप दोस्तों कोई भी ई कॉमर्स साइट के प्रोडक्ट के किसी भी अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो और बहुत सारे मिंत्रा कोई सा भी ई कॉमर्स साइट है उसकी कोई भी प्रोडक्ट की आप जान सकते हो कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस या लोएस्ट प्राइस कितनी गई है और कौन सी मंथ में तो उसके अकॉर्डिंग से आप दोस्तों यहाँ पर जब भी उसकी राइट टाइम रहे सबसे ड्रॉप प्राइस रहे उसका सबसे लोएस्ट प्राइस रहे उस समय से आप एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे प्राइस पे एक प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट तो दोस्तों जैसे कि आप आज को मेरे फोन के स्क्रीन तो यहाँ पे नेक्स्ट करना क्या सबसे पहले दोस्तों जिस भी ई कॉमर्स साइट से आप वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसे कर लो ओपन तो यहाँ पे आप सिंपली से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैं यहाँ पे अमेज़न पे जाके एक प्रोडक्ट को बाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंपली से बोया माइक बोया माइक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो नीचे में मुझे बोया एम माइक दिख रहा है सिंपली से करता हूँ उसे क्लिक यहाँ पर अगर बात करें अभी इसकी करेंटली प्राइस की तो वो अप्रोक सिक्स 99 नाइन है अप्रॉक्स सेवन हंड्रेड तो सिंपली से यहाँ पे करना क्या आप देख सकते हो टॉप राइट साइड में यहाँ पे आपको एक सेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो सिंपली से इसे करना है क्लिक इसे क्लिक करते यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कॉपी टू क्लिक बोर्ट. तो सिंपली से इसे हमें इसका लिंक को कर लेना है कॉपी कॉपी करते वहाँ पर डायरेक्ट हमें जाना है बैक बैक जाते हैं यहाँ पे, आप दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर कॉम ब्राउजर को यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप कोई सा भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो तो सिंपली चलिए करना करते हैं इसे ओपन इसे ओपन करते यहाँ पे सिंपली से इसके सर्च बार में हमें जाना है सर्च बार में जाते हैं पे आपको लिखना है सिंपली से प्राइस हिस्ट्री तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी से यहाँ पे सर्च कर रखा हूँ प्राइस हिस्ट्री तो सिंपली से से करता हूँ क्लिक इसे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला वेबसाइट जो खुल के आई हमारे सामने प्राइस हिस्ट्री तो इसे करना है सिंपली से क्लिक इसे क्लिक करते हुए आप दोस्तों देख सकते हो कुछ ऐसा इंटरफेस इस वेबसाइट का खुल के आया तो यहाँ पर देख सकते हो पेश द प्रोडक्ट यू आर पे हमें देखा मिल रहा है लिखा तो सिंपली से यहाँ पे क्या करना है वो जो मैंने किसी भी प्रोडक्ट को अभी खरीदा है वो या एम को उसे खरीदना चाहता हूँ तो सिंपली से जो जहाँ पे अभी मैंने वहाँ पे उसे कॉपी किया था उसकी लिंक को तो सिंपली से हमें यहाँ पे कर देना है उसे पेस्ट पेस्ट करते वहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ ट्रैक प्राइस लिखा मिल रहा है तो सिंपली से करना है क्लिक क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पर कुछ ग्राफ्स बन के हमारे सामने आई है तो अगर बात करें देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर हाइएस्ट यहाँ पर लिखा हुआ जो हाइएस्ट प्राइस गई है इस माइक की बोया एम वन की वो है थर्टी हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ एंड लोएस्ट की बात करूं, तो लोएस्ट यहां पे मैं सिंपली से इस ग्राफ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके ईजली से मैं इसे बस इधर उधर करूंगा, तो यहां पे आप देख सकते हो लोएस्ट की बात करूं तो अराउंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ गई है एंड अभी करेंटली बात करूं, वो भी करेंटली बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स हंड्रेड इसकी अभी करंट वैल्यू चल रही है तो यहाँ पर आप ईजली से देख सकते हो इस प्रोडक्ट की कोई सा भी प्रोडक्ट आप जब खरीदने जाओ कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन सी समय में कौन सी समय में उसका जो सबसे हाईएस्ट प्राइस गया और कौन से ऐ, सीजन या समय में सबसे लोएस्ट प्राइस गई है तो हाईएस्ट तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे हाईएस्ट थर्टीन हंड्रेड फिफ्टीन रुपीज़ गई वो गई है एलेवन जुलाई टू में और लोएस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी में इसका सबसे लोएस्ट प्राइस गई है अप्रोक्स Uh, साढ़े छः रुपया तो यहाँ से आप इजली ग्राफ भी कोई सा भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो यहाँ से उसकी यू आर एल को कॉपी करो और इस वेबसाइट में आके पेस्ट कर दो और सिंपली से आप जान सकते हो कि उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है और सबसे लोएस्ट प्राइस कितनी गई है तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्ट्रिक को यूज़ करके आपको अगली बार कोई भी कॉमर्स e साइट से आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिलेगा और एक आप बहुत ही अच्छी सेविंग कर सकते हो तो आपको वीडियो तो ज़रूर ही अच्छी लगेगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे एक बहुत अच्छी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों इसी तरह की वीडियो के साथ मिलता हूँ अगली बार